मेरा भी आ गया. किस स्टाइल में मेरा आगे आने वाला है अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो वीडियो आगे मचाने वाला है गुकी मैं फैन और म रोय आर्मी के स्टाइल में वीडियो आने वाला है सो वही डूड जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करे शेयर करें मतलब कुछ भी हो जाए वीडियो को फैला दे क्योंकि हम लोग गांव वाला का वीडियो वायरल कर रहे हैं तो हम शहर वाले लोग क्या भिगा रहेगा इसको तो। मेरा वीडियो भी वायरल कर दे क्योंकि आगे वीडियो बहुत ही खांसों और ख़तरनाक आने वाला है सो वही डूड तो मचाते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो वही बाय बाय सहनी हमें सजा है हम हैं बजारो